आप बात अपनी मर्जी से करते हो आप बात अपनी मर्जी से करते हो हम भी इतने पागल हैं, आपकी मर्जी का इंतजार करते हैं।